नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल टोहना में मनरेगा मजदूरों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में मनरेगा अधिकार दिवस टोहाना के हिसार रोड पर स्थित पक्का किसान मोर्चा पर मनाया गया इस मौके पर भारी संख्या में मनरेगा से जुड़े हुए महिला और पुरुष मजदूरी करते हुए वह अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया इसके बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के नेताओं ने बताया कि मनरेगा मजदूरों का अधिकार है जिसके अनुसार मजदूरों को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार अवश्य मिलना चाहिए मगर इस मामले में जो भी अनियमित बरताई जा रही हैं, उसी के विरोध में उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है मौके पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अन्य स्थानों पर भी किसान मजदूर नेता पहुंचे हैं कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति भी देखी गई पल पल टोहने से सुशील की खास रिपोर्ट ऐसे नहीं है तैयारी करके आ जाएं हम इनको तो मजदूर एक इतना परेशान हो रहा है उसको काम नहीं दिया जा रहा पेट कहाँ से भरेगा वो उसको काम नहीं मिलेगा तो बच्चों को रोटी कहाँ से लेकर आएगा मजदूर का तो पसीना सूखना से पहले उसको उसकी दहाड़ी मिलनी चाहिए जगह जगह देख रहे हम उन्होंने जो काम किया है उनके मजदूरी भी नहीं दी जा रही अभी हरियाणा में आपका ये संघर्ष कहां-कहां चल रहा है हमारा संघर्ष तो प्रदेश स्तर पे है और किसान और मजदूर को आप देखिए एक साल हो गया हमने किसान और मजदूर मिलकर के तीनों कृषि कानून के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है लेकिन सरकार के कान पर जो तकनी रहेंगी सरकार बार बार कोशिश करती है इनको बदनाम करने की कहीं इनको उग्रवादी बताती है कहीं खालिस्तानी बताती है अरे जिस किसान और मजदूर ने इस देश को आज़ाद कराया आज उसको राष्ट्रद्रोही राष्ट्रविरोधी विरोधी बताया बता जा रहा है काम ना काम तो देते नहीं दूसरे सवाल करते हैं मंदिर बना दो रे मंदिर मंदिर पर ले जाओ कहीं और मूर्तियां बना देते हैं ती, तीन हज़ार करोड़ की मूर्ति बना दी कहीं मोदी जी अपने दो जहाज़ खरीद लिए साढ़े आठ आठ हजार करोड़ के सत्रह हजार करोड़ के दो जहाज़ खरीद लिए एसो आराम के लिए पैसा आ जाता है मजदूरों को काम देने के लिए पैसा नहीं आता और एयर इंडिया बेची जा रही है एयर इंडिया अठारह हज़ार करोड़ में बेच दी और दूसरी आप चीज देखिए रेलवे बेच दिया सड़कें बेचने लग रहे हैं बी बेच दी कोई कंपनी छोड़ है सारे पोर्ट बेच दिए इन्होंने देश को गुलाम करने की तरफ लेके जा रहे हैं लोग मजदूरों के, के कमेरा वर्ग के किसान के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन लेके आए हैं और जो बहुजन समाज है जो तो कमेरा वर्ग है कमेरे वर्ग की लड़ाई इनके हकों के लिए इनके अधिकारों के लिए चाहे किसी तरीके की समस्याएं हैं हम इनके संघर्ष में हर तरीके से साथ देने के लिए आए